तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल का आपका यूट्यूब चैनल का कंटेंट कोई चोरी करके अगर अपने यूट्यूब चैनल पर डालता है तो उसको कॉपीराइट क्लेम कैसे भेजें जो हमारा कोई भी वीडियो कंटेंट या कोई भी हमारा जो यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो छोड़ते हैं वो वीडियो दूसरे लोग कॉपी करके डाल लेते हैं आपका जो पॉपुलर वीडियो होता है कोई कापी कर लेता है तो उसको कापी क्लेम कैसे भेजें वो खुद से नहीं जाता आपको भेजना पड़ता है या तो कोई भेजना पड़ता है तो फ्रेंड्स आज हम वही जानेंगे कैसे हम किसी को कॉपी या क्लेम भेजते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स मेरा क्रोम ब्राउजर मैं ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे YouTube सर्च कर लेना है और YouTube.com डॉट सर्च करने के बाद YouTube पे चला जाना है क्रोम ब्राउज़र पे साइट पे और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है तो डेस्क डेस्कटॉप साइट हो चुका है और इस पर आपको चैनल के लोगो पे क्लिक करना है आपका जो चैनल आता है उसका लोगों पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से YouTube स्टूडियो पे चला जाना है सॉरी फ्रेंड्स मेरा नेट थोड़ा स्लो है आपका नेट अगर फास्ट होगा तो जल्दी ही ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ YouTube स्टूडियो पर और यहाँ पे जो सी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी का जैसा जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा साइड में टूल बार में उसी पे आपको क्लिक करना है जो आपका साइड में टूलबार आता है उसमें एक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कर क्लिक, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ब्लू कलर का कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है उसको क्लिक करते ही आपके पास एक पेज ओपन हो आ जाएगा कुछ इस तरह कापी राइट ऑनर के और इस पेज को पेज के अंदर एक फॉर्म आता है उस फॉम को आपको फिलअप करके YouTube को सेंड करना है तभी आपके वीडियो पे जो कॉपीराइट आए हैं उनको वो लोग देख लेंगे और उनको कॉपी कॉपीराइट भेज देंगे तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को फिल फिल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो, तो यहाँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको उस चैनल का नाम डलना है जिस चैनल पे आपको कॉपिड क्लेम भेजना चाहते हैं उसके तो बाद उस तो चैनल का नाम डालने के बाद उसका यू और सभी सभी चीज़ आपको फिल कर देना है फॉर्म के अंदर और फॉर्म के अंदर फिल करने के बाद आपका सिग्नेचर और ऊपर में आपका चैनल का यू और उसके चैनल का यू सब डाल देना है और वीडियो का लिंक भी उस जिससे YouTube आपको कॉपीड क्लेम भेज सके तो फ्रेंड्स इसके लिए काफ़ी अपने यूट्यूब से यू कॉपी करके डाल देना है फ्रेंड्स तो इस तरीके से आप सब फिल करके उसको कॉपीराइट क्लेम भेज सकते हैं मेरा भी वीडियो किसी ने कॉपी नहीं किया इसलिए मेरा नहीं जा रहा है कॉपीराइट क्लेम तो फ्रेंड्स ऐसे ही यूट्यूब चैनल का भी कुछ कंडीशन होते हैं जब आपका भी वीडियो कॉपीराइट होगा तभी आपका फॉर्म अप होगा और सेंड होगा अभी मेरा वीडियो कॉपी नहीं है तो इसीलिए वो सेंड नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप सेंड करके अपना वीडियो को कॉपीडेट होने से बचा सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नए वीडियो पे तो ऐसे तरीके के YouTube के जानकारी वीडियो जानने के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार दिखाते रहें